एक एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने पैर को अपने अकॉर्डेंस ऐसे रख लेना है एक पैर को दूसरे पैर के पे साथ फिर आपको सीधा बैठ जाना है सीधा बैठने के साथ आप अपने हाथ को ऐसे ले आएंगे चाहे आप गैप दें इसमें दो चार इंच का चाहे ऐसे रखें फिर अपने बॉडी को रोटेट करें सर सामने रखेंगे और इसको आप रोटेट कीजिए वन इस तरीके से आपके बैकबोन में अगर प्रॉब्लम होगी तो धीरे धीरे स्ट्रेच को कर कर के वो अच्छी तरीके से रिफॉर्म हो जाएगी और आपको रिलीफ मिलेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये एक्सरसाइज जैसे आप कपड़ा धुल करके कपड़े को निचोड़ते हैं उसी हिसाब से पूरा पेट को निचोड़ने जैसा है जब आप इसको ला के स्ट्रेच करके यहाँ होल्ड करते हैं उसी तरीके का जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे आपकी पूरी मसल निचोड़ जाती है तो इसलिए एक बार आप इसे करके ट्राई कीजिए अच्छा एक्सप्रेशन आएगा और आपको मज़ा भी आएगा और अगर आप ज़्यादा एस करते हैं तो टाइम ना मिले या आप काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो ऑफिस वगैरह में भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप अपने पैर को इस तरीके से रखेंगे और घुटने को उसी के साइज़ पे यहाँ रख देंगे और फिर आप अपने नी को इस नी को पूरा बाहर कर लेंगे और इस तरह से आप अपने टोपे बैठेंगे पूरा जी इस तरह इस तरह ये टोपे इस तरह से बैठना है ऐसे फिर इसको सीधा कर लेंगे ऐसे टोपे बैठ करके और अपने बॉडी को अप करेंगे पूरा यहाँ तक और इस तरह से आपको पूरी अपनी बॉडी को पीछे लेकर के आना है ऐसे एकदम पूरी बॉडी को पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना इस एक्सरसाइज को बोलते हैं तो फिर आगे आएंगे सांस सांस लेते हुए हुए छोड़ते फिर सांसें ही भरेंगे एक्सरसाइज को बाटन तो बोलते हैं जब आएंगे तो सांस छोड़ेंगे और यहां सांस भरेंगे अब हम सांस छोड़ते हैं सामने आएंगे फिर बैठ करेंगे तो बैठ जाएंगे तो सांस लेंगे यहीं पे सांस ले लें अच्छा कोशिश ये करनी है कि सांस आपको नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस एक्सरसाइज को बैक टू हील बोलते हैं इससे आपका एपडाउन और बैक हिप हील पे अच्छा प्रेशर आता है और अच्छा स्ट्रेच होता है एट नाइन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन 15. आप अपने हाथ को ऐसे सीने के बिल्कुल बराबर रखेंगे ऐसे सीने के बराबर भी रख सकते हैं। हमने एक इंच दो इंच थोड़ा वाइड रखा है आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा प्रेशर आए आप अपने एक रखिए इसको एक एक्सरसाइज ये ओवरब्रिज है आपके अगर बैक में प्रॉब्लम है और दिक्कत आ रही है तो ओवरब्रिज एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे शुरू करें दोनों पैर को आप अपने टो तो के सहारे और पंजे के सहारे रख देंगे और हाथ को आप अपने एकॉर्डेंस शोल्डर के बिल्कुल करीब लाएंगे और इस तरीके से बेंड हो जाएंगे नीचे की तरफ और फिर अपने हिप को पूरा इस तरीके से सीधा उठाएंगे कि आपका हिप और पैर और सर फॉरवर्ड हो जाए बिल्कुल फारवर्ड पुल की तरह से बन जाए इस एक्सरसाइज को ओवर ब्रिज एक्सरसाइज बोलते हैं तो हम शुरू करते हैं वन टू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 14, 15 में प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए आप अच्छी एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को बोलते हैं बाइक एक्सटेंशन आप अपने दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर नीचे ले जाइए और चेस्ट के सामने ले जाइए और ऐसे रख दीजिए और फिर इसको आप अप अप नीचे नीचे नीचे इसको बोलते हैं बाइक सांस लेते हुए ऊपर जाना है सांस छोड़ते हुए नीचे आना है सांस लेते हुए ऊपर आए छोड़ते हुए नीचे जाने इस एक्सरसाइज को एक्सटेंशन एक्सटेंशन बोलते हैं। हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको अपने कर सकते हैं। और की दूसरी एक्सरसाइज है कि आप अपने हाथ पंजे को अभी तक पंजा आपका फोरहेड के सामने था, था। यानी सर और के पास था। अब आप को अपने चेस्ट के पास रख कर करके बैठ एक्सटेंशन कर सकते हैं सर को नीचे करेंगे इस तरीके से और सांस लेंगे पूरी तरह से सांस सांस लेते हुए ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है इस तरीके से आपकी एक एक रैप हुआ इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डेंस कीजिए मैं फिफ्टीन रैप इसका करता हूँ तो शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से 15 रैप हमारा कंप्लीट हुआ और अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपके बैक में प्रॉब्लम हो तो इसको धीरे धीरे शुरू कीजिए आपको और रिलीफ मिलेगा और अच्छा कंट्रेक्ट भी मिलेगा आ, आप अपने पैर को 45 डिग्री के आसपास करके इतने पे करेंगे 45 डिग्री हिप से लगभग छ इंच पैर को दूर करेंगे और थोड़ा सा पैर में गैप करेंगे और नी को पूरा मिला लेंगे और इस दोनों हाथ को शोल्डर के बराबर ऐसे शोल्डर को एकदम बिल्कुल वाइट कर देंगे और ज़मीन पर रख लेंगे इसको यूं समझें इस हाथ को सीधा ले जा कर करके एकदम शोल्डर के बराबर हमने कर दिया ऐसे ही इस हाथ को ले जा कर के एकदम शोल्डर के बराबर कर दिया और इसको पंजे को जमीन पर कर देंगे इस तरीके से फिर हम अपने नी को रोल करेंगे इस तरीके से अपने दोनों नी को ज़मीन पे ले जाएंगे और ऐसे ही सांस लेते हुए ज़मीन की तरफ ले जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर लाना है फिर जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इस तरह से नीँ को नीचे करेंगे और और रोल करेंगे इस तरीके से ये आपके जो साइड की बेलीज़ है उस पर अच्छा असर पड़ेगा और जो आपके लोअर इस्टोमक एबीएस पे चर्बी का वो रहता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर और यूरिन की प्रॉब्लम होती है यूरोलॉजी की वो अच्छी तरीके से यहाँ से चर्बी गलने का बहुत अच्छा और आसान तरीका नी रोल का है हमको बहुत अच्छा लगता है आप भी कर कर कर करके देख सकते हैं इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा सा अपने को रोटेट कर करके सिर्फ नी को ही आपके सामने दिखा रहे हैं ये देखिए ये इतना हिप से दूरी है और इसको हमें रोल करना है ऐसे ले जाना है ये बैंड करना है और फिर इसको इधर की तरफ लाके रोल करना है इस तरीके से आपको 15 रैप करना है अगर आप 15 कर सकते हो तो 15 करें अगर बिगनर है तो आप अपने अकॉर्डिंग करें ये इसे नी रोल बोलते हैं तो हम शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कोशिश ये करें कि इसको जमीन पे सटा दे और को स्ट्रेच करके अगर आपको प्रॉपर फील करना है तो थोड़ा सा नीचे होल्ड कीजिए थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन 18, 19, थ्री इधर से भी आप देख सकते हैं कि ये अनुहत तो इस तरह से है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स फिर से पाँच छ इंच आपके की दूरी होनी चाहिए तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आता है आप इसे कर करके देखिए बहुत एक्सरसाइज है इसी तरह से आप साइड को भी कर सकते हैं आप अपने हिप से और पैर के बीच की दूरी लगभग एक बालस यानी छः इंच के आसपास में है ऐसे ही आप इसको कर लीजिए और हल्का सा सर उठा करके और शोल्डर को रोटेट करते हुए अपने टो को छूए पंचे तक भी ले जा सकते हैं तो ले जाइए इससे आपकी साइड साइड की जो ये चर्बी है वो कम हो जाएगी तो शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी को साइड करना है दो एक पाइप को नीचे रख लेंगे फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग बराबर में रख लेंगे फिर अपने हाथ को शोल्डर के बराबर ला कर के एल साइड का बना लेंगे मठ्ठी बंद रहे या खुली रहे तो करल रहे या फॉरवर्ड रहे ये आप पर डिपेंड करता है कितना पावर आप लगा पाएंगे और पूरी बॉडी को आपको पैर के टो तो के सहारे उठा देना है और इस हाथ को सीधा आप ऐसे उठा देंगे फॉरवर्ड कर देंगे और पूरी बॉडी को एकदम फॉरवर्ड उठा देंगे इस तरह से और होल्ड करेंगे सांस लेते रहेंगे सांस छोड़ते रहेंगे इस तरीके से ये आपके एप और रैली के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आपका स्टेमिना इस भी इससे बढ़ता है और आपके मसल ग्रोथ करने में स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आता है तो आप इसको अपने अकॉर्डियंस कर सकते हैं इसको साइड प्लेंग बोलते हैं बॉडी को पूरी सीधी रखनी है और सांस लेते रहना है सांस छोड़ते रहना है और कोटा इट रखना है तो आप अपने के के हिसाब से जितना चाहें, उतना प्लेन करेंगे जैसे दोनों हाथ को सीधा के उस पे रख दिए चाहे पंजे को आप फॉरवर्ड रखें चाहे मुट्ठी को आप बंद करें दोनों आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डेंस अब एक हाथ पे उठना है फिर दोनों को उठना है इसको प्लेन अप डाउन बोलते हैं और कोर को टाइट रखना है इससे आपके हथेली और रिस्ट फिस्ट और शोल्डर चेस्ट कोर सब पे असर आएगा और स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी साँस लेते हुए सांस छोड़ते हुए दोनों की प्रक्रिया को फार्म करना है इस तरीके से आप अपने अकॉर्डेंस इसको जितना कर सकते हो क्योंकि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पूरी बॉडी ट्रेन हो जाए यह है अपर एफ को ट्रेन करने के लिए आप अपने हाथों को दोनों हाथ के पंजे को एक पंजे से दोनों के साथ ऐसे मिला लें और उसके बाद आप गर्दन और सर के बीच में रखें और पूरी सांस लेते हुए पूरी ताकत से ऊपर खाली सीने को उठाएं और ऊपर होल्ड करें जब आपके यहाँ पे अपर एबडोम पे असर आए तो समझिए कि ये एक्सरसाइज सही हो रही है और कोर आपकी टाइट होनी चाहिए सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है फिर सांस लेते हुए ऊपर जाना टू थ्री फोर ऊपर जाके थोड़ा सा होल्ड कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन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 पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और कोर आपका कोर मसल पेट का साइड वैल्यू को कम करने के लिए आप अपने दोनों हाथ को सर के नीचे कीजिए और अपने राइट हैंड को लेफ्ट पैर से और लेफ्ट और राइट लैक्श तशीज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी साइड एक्सरसाइज के लिए वेली को कम करने के लिए इस हिस्से को वेली बोलते हैं इस हिस्से को कम करने के लिए आपको साइड की भी एक्सरसाइज करनी है दोनों हाथ को पीछे कर ले और इसको बैंड करते हुए करेंचेस टाइप के लिए क्या है तो शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इस एक्सरसाइज को आप अपने अकॉर्डेंस अच्छे से कीजिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है को हल्का बेंड कर करके और हाथ को दोनों पीछे शोल्डर के बराबर कर करके और पैर को और सीने को टच करने की कोशिश करेंगे इससे आपके एबीएस बी पे अच्छा असर आएगा तो शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेवन 13, 14, 15। इस एक्सरसाइज को आप अपने अकॉर्ड और अपने स्टेमिना के हिसाब से जितना उतना करेंगे रशियन टूस्ट और अपने दोनों एडी को उठा लेंगे और अपर बॉडी को हल्का बैठ करेंगे और इसको साइड सेट करेंगे सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए पब्लिक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है तो शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन 18, 19, 20 कोशिश ये करनी है कि आपका पैर उठा रहे और उसका प्रेशर आपके पोर पे आता रहे आएंगे डिप्स और डिप्स में अपने हाथ को दो ढाई इंच शोल्डर चेस्ट के सामने से वाइड करेंगे ऐसे ही दोनों हाथ को करेंगे और अपर बॉडी को उठा लेंगे और उठा करके कोर को टाइट करेंगे और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ रैप करेंगे नीचे जाएंगे तो सांस लेंगे और ऊपर आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे ये बिना जिम के बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिम क्लोज है इससे पूरा बॉडी का मसल ट्रेन हो जाता है होल बॉडी तो शुरू करते हैं वन ऊपर आके सांस सांस छोड़ना है लेके जाना है नीचे टू थ्री नीचे जाकर के होल्ड करके देखिए अच्छा मजा आएगा फोर फाइव सिक्स सेवन